नहीं दे रहे हैं गाली दे रहे हैं राशन भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग दस जाए से 10 साल से हम लोग दस जाए कम से कम भरे फारों हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है नहीं बनाते हैं कार्ड नहीं है, नहीं चीन चीन के कार्ड ही बनाते हैं यहाँ के कोटेदार जो है बनाते हैं है, हम लोग जला देते हैं घर गर में घर में बार हैं तुम्हारा हमने छह जने दो चावल तो न मिला था पचास रूपया तो बारह तो चारती तो बारह किलो हुआ और ये आठ किलो 20 किलो नहीं मिला नहीं। नहीं। नहीं। हमको पहले मिलता था कि 15 किलो गेहूं मिलता था 10 किलो चावल इस समय मिला है 4-6 किलो गेहूं 4 किलो चावल बस 6 लोगों के लिए नहीं। नहीं। नहीं। लोग लोग ये राशन खुला था अपनी मर्जी ऐसी ज्यादा खेत है उसको ये कहते हैं की आपका राशन नहीं मिलेगा आपको आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए और जिसके पास कुछ लोग ऐसे है अगर कायदे से इनकी जो है इंक्वायरी किया जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके पास 10-10 बिघे ज़मीन है चार ट्रैक्टर हैं बड़ी बिल्डिंग है फिर भी उनको ये राशन घर तक पहुंचाते हैं अरे राशन कार्ड नहीं है हम नौकरी करते हैं हम तो एस डी साहब आए थे उनसे बात की बोले कि सरकारी नौकरी करने वालों को कोई सुविधा नहीं, नहीं मिलेगा हम कहें ठीक है सर लेकिन ये गाँव की समस्या है गाँव वाले विरोध कर रहे हैं बार बार इनसे लोग कहते हैं लेकिन ये अपने ही मन से काम करते हैं कोई भी राशन कार्ड लेके आता है ये अपने हाथ से उसके राशन कार्ड में जो नाम एंट्री रहती है दस पाँच जो भी यूनिट हो अपने हाथ से वो मिटा देते और हैं और कहते हैं देखो अब तीन हो गया तीन का ही मिलेगा तो जो ये राम नारायण साल ऐसी ये, ये, ना? तो ये तो अंदर मामला है इसको हम लोग नहीं बता सकते कि क्या मामला है गाँव वाले गाँव के आप भी जान रहे हैं सभी लोग जान रहे हैं कितने कौन क्या शिक्षक है कुछ लड़के कम्पलेन किए थे जो इनके यहाँ टोल फ्री नंबर अठारह कितना कितना का एक सौ पचास करते दस छिहत्तर पे नहीं एक सौ पचास हुआ था तो उसके घर ये शायद हम हम देखे नहीं थे जानकारी मिली कि उसके घर ये राशन उसको खोज करके पहुँचाए गाँव mm -hmm. में जो है शीर से लेके मलहिया रमना तक वो पेपर वितरण का काम करता था mm -hmm. वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया किसी बात पे उससे यहां विवाद हुआ था mm -hmm. उसी रामानंद पटेल नाम था उसका इसी राशन चक्कर हुआ। अपने मन से दुकान खोलना अपने मन से बंद करना तीन बजे भोर में बुलाना। एक बार मुठा लगाएंगे। देता ना देते कर कर देते। नहीं क्या गेहूँ घर में बच्चे तो है दस दस बच्चे है टोटल बारह बारह लोग हैं। हाँ बारह लोग बारह के हिसाब से राशन मिलता है कुछ नहीं चाहे आए बोरिया लेके भगा दिया उसका औरत मारा कल सी तुर सब तो ऐसे कितने लोग हैं गांव में जिनका राशन कार्ड नहीं बना बनाए आपका राशन कार्ड बना तभी ना आप गयी थी लाने। ना ना तो खाए बिना मरो तो खाए मोरत होता खाए जान देड़ा। जान देड़ा दिया ये सूचना था कि तो चल रहा है। तो तो तो तो तो काफी लोग भीड़ यहाँ लगाए थे सर रोड पे भी सब भाग लिए। इनका कम्प्लेन है कि बहुत लोगों का राशन कार्ड बनाया नहीं है तो जाके ये प्रॉपर चैनल जो होता है उसे शिकायत करें ना यहाँ गदर काटने काम चलेगा क्या नहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे नहीं, हैं। जो आपसे कहा उनको आप भी समझिए आप, आप हम किसको इसको किसको फॉरवर्ड करेंगे ये जिसको जिसको आप उचित समझते हैं डी है, एस ओ है, है परिवार है हमारा कम से कम पांच है यूनिट है तीन यूनिट में चार किलो गेहूँ तीन किलो चावल हमारा देते नहीं है साल भर अच्छी महीना ऐसी और कितने लोग है घर में घर में हमारे है हाँ दो लड़का दो पुतो बहू तो हाँ क्यों नहीं मिलता अब तो हमने दून प्राणी के कार्ड रहा तो जैसे हमारे आदमी परसल गुजर गए तो वही से कार्ड बंद कर दे राशन देते नमे कार्डे नही बनल विधवा पेंशन सब मिलता है हाँ ग्यारह लोग है कितना राशन मिला मिला था आपके घर में कितने तो लोग है कितने लोग का मिलता है विधवा बहुत है उसमें मिला जुला के बीस परसेंट सिर्फ मिलता है वृद्धा पेंशन मिलता है न विधवा पेंशन मिलता है ठीक पैखाना मिला जुला कर नाम मात्र दस परसेंट बना है कर्फ्यू के बाद सरकार की तरफ ऐसी आप लोगों को क्या क्या राहत मिला है कुछ कुछ नहीं भी नहीं।, के था। के नहीं, नहीं मिला अभी तो तो लेकिन बुकिंग करने पर पंद्रह बीस दिन बाद मिलेगा वो कौन बोला है अरे वो राजकुमार जो टाली वाले मैन है वो वो खुद कहता है की दस पंद्रह दिन बीस दिन बाद मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा आप बुकिंग करेंगे तो पंद्रह बीस दिन बाद मिलेगा हम वो वाला, लेकिन को वाला मोदी वाला लेकिन कहाँ की पैसा लगी ५०% राशन कार्ड बना क्यों नहीं क्यों नहीं बनाए अभी कोटेदार जाने और प्रधान जाने और कुछ कोटेदार का नाम और प्रधान का नाम क्या है अमित प्रधान है राज राजनारायण कोटेदार है थे कहे बनाने के नहीं बनाए हम खुद दौड़ कर अपना बनाए आपका कोई बंदत नहीं करता है कुछ नहीं होता अच्छा अभी पुलिस आया सबको भगा दिया वो तो भीड़ है भाई कोरोना की वजह से भगा दिया भगा दिया ऐसे कभी हेल्प करता आपका कभी नहीं कुछ नहीं होता है नहीं। ये कौन से थाली में में आता लंका थारे थारे थारे थारे में आता लंका लेकिन कहाँ की पैसा लगी पचास परसेंट राशन कार्ड बना है क्यों नहीं क्यों नहीं बनाए अभी कोटेदार जाने और प्रधान जाने और कुछ राशन की दिक्कत यही है सर कि आए दिन हम लोगों को यहाँ से जाते हैं तो कहा कहा जाता है कि आप अपने राशन कार्ड को वहाँ लेके जाइए अधिकारी के प्रमाणित कराइए प्रधान को लेके जाइए तो हम इनसे कहते हैं तो ये कहें कि हम हम जाते हैं यार पैसा लेके करेंगे तब ना हम लोग दुगना अब जाओ तुम लोग दौड़ो तब तो समझ में आएगा ना तो इसी तरह से हम लोग को झेला चार पाँच महीना से हम लोग झेलाया जा अधिकारी महावीर वहाँ पे गए तो महावीर चौराहा कचहरी के पास फिर उसके बाद उनका ऑफिस ही बंद रहता था तो हम लोग मतलब किसान आदमी दौड़ेंगे ना कि भाई वहाँ से कि कुछ कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से कचहरी लगभग में सर 20 किलोमीटर बीस, बीस बाईस किलोमीटर होगा कम नहीं होगा कम से कम हम सर चार बार गए हाँ अकेले गए हैं और वहाँ के जाने बाद हम लोगों को हमारी पत्नी का तबीयत खराब था डिलीवरी करवाए थे तो दो बार मतलब हमको नहीं राशन मिला फिर उसके बाद कहे कि अगली बार आप हम उठा लगवा दीजिएगा मिल जाएगा तो हम कहे चलिए हम परेशानी थोड़े हैं तो मतलब मिल सकता है लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक बार भी कार्ड थोड़ा नहीं मिला ये मेरा राशन कार्ड है और हम कहें कि हमको लिख के दे दीजिए मेरे को नहीं मिलता है नुँ? तो हमको लिख के दे दीजिए हमारी माताजी का नाम कहा है तो हम हमसे मांगा गया आधार कार्ड नु? आधार कार्ड जबकि हम फिलअप करके पूरा देखिए कागज़ भी लिए लगाए हैं नु? एक तरफ से अपने बच्चे के दो बच्चियाँ हैं और नु? हमारे माता पिता हैं देखिए ये है तो अभी आ, कुछ भी नहीं मिलता है नहीं कुछ भी नहीं मिलता है कचहरी जाने पे कम्प्लेट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और प्रधान का दस्तखत कराए प्रधान जी किए उसके बाद कहे की सेक्रेटरी से से तो, तो, से तो हम कम्प्यूटर करोग अच्छा के साथ काम करते हैं हाँ, तो है। हाँ, नहीं उन लोगो को उनको भी नहीं मिल रहा है एक अभी छेदी लाल है अभी आपसे पूछाएंगे उनकी माँ भी थोड़ा है हाँ, उनको भी नहीं मिलता है हमारा अंगूठा नहीं लेता तो लड़की को बुलाते हैं, लड़की नहीं लेता परिवार को बुलाते हैं पांच है लड़की, है, लड़की हमारी हैं। नहीं लगेगा तो रसनो नहीं देंगे तो तो तो करिएिंक तो नहीं हो कर रहे हैं। आधार से नहीं दिया जाएगा जब भाई आधार से आप पैसा हमको दे सकते है तो क्यों ना हमको आधार कार्ड आपके सभी जगह से लिंक करा के आधार कार्ड से हमको अनाज दे सकते हैं कैंसा भी हो सकता है हो सकता है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नियम नहीं है हमारे गाँव के लोगो को कुछ भी नहीं नियम है न कोई खाने को मिल रहा है जो मान लीजिए खेती बारी से हम लोग सुबह से मान लीजिए सुबह से निकल जाते हैं थोड़ा बहुत खेत में काम करते हैं दिन भर अपने बच्चों को लेकर मतलब अपने घर में कैद रहते हैं तो सर कहीं जाएंगे तब ना हम को दो पैसा तो हम हजार की आबादी होगा ज्यादा होगा कॉलोनी छोड़ दीजिए घाट से, से, से मारुति नगर से शुरू है टिकरी तक समझ जाइए कितना राशन दुकाना है पूरे में हर जगह यही दिक्कत है सर पे ज़्यादा दिक्कत में अच्छे से देते हैं तीसरा पर है। वो ठीक से देता आ, वो भी बढ़िया देते हैं उनका नाम क्या है राशन कार्ड में कितने लोग का नाम है दो आदमी के नाम है केवल दो का है और हैं कितने पांच आदमी बाकी का क्यों नहीं चल रहा है? है, है नहीं बन रहा है कहाँ गए थे बनवा पर कई दिए नहीं बनाए लोग और आपके घर में कितने लोग है भाई सर चार लोग कितना चढ़ा बाकी लोग का नहीं चढ़ा है आप लोग के घर में कितने लोग हैं हम लोग चार लोग बच्चे हैं बच्चे तो चार लोग का तो पूरा राशन मिलते हैं पांच है पांच लोग है बच्चे का भी आधार कार्ड नहीं बना तो नहीं आपके यहाँ कितने लोग हैं? कितने लोग का राशन पे चढ़ा है, चार, है? किया है चार लोग है दो पुराने चार लोग है चारों ने गैस बुकिंग किया है इस महीने का कि तो नहीं मैंने जो मिल रहा है, वाला, वो है क्या? कितना बोल रहा है पैसा ले रहे कितना लेते हैं तो आपका पैसा खाता में चल जाएगा अच्छा अच्छा तो है नहीं कहाँ ऐसी ले रहे हैं फ्री में देने का मतलब क्या हुआ है फ्री का अगले बार 27 अप्रैल को दिए थे 27 मार्च को पाँच किलो तो उसका ये पैसा ले रहे हैं बोले कि फ्री में तो आज ये महीना वाला जो दे रहा है दस किलो इसका भी पैसा ले रहे हैं वो पाँच किलो का भी पैसा ले रहे थे इसका मतलब जो फ्री में वो पूरा डेटा पथर लेबर वाला काम करते हैं हम तो ये योगी सरकार जो दिहाड़ी मजदूरी का हज़ार देने का किया है तो आपको मिला है क्या नहीं मिला ये। डीएम आदेश थी कि जिनका 20 किलो राशन है उनको 10 किलो दे क्योंकि देख मरी मरे 10 किलो बायोमेट्रिक तो के उनका पूरा हो जाएगा आ, लाल कार्ड और मररेगा का जो है उनको निशुल्क राशन दिया जा रहा है बाकी लोग का वही है तो आप हाँ। पहले आधा दे दिए अभी बाद में आधा बायोमेट्रिक से लेके अभी अभी एक महीने पहले अभी ऐसा सब कुछ थी कार्ड में जिनका कुछ आधार में कुछ था, नहीं। नहीं ले रहा था इसी वजह से कट गया है अभी तो बंद है तो सब होना चाहिए ना होना। आप, चाहिए। वो जिसे फिंगरप्रिंट नहीं लगा नहीं। अगर नहीं लगता है तो फिर दिया जाता है अच्छा ये कब से शुरू हुआ है ये? लगभग हो गया 15 महीने का तो तो इससे आपको दिक्कत होता है की पहले दिक्कत होती है नेटवर्क का जनता बोलते है पूछिए किसी लोग के बारे में किसी राजी नहीं है वकील अभी ये महामारी में बायोमेट्रिक से नहीं करना चाहिए मैनुअल करना चाहिए एक तो पूरी भारत इसमें परेशान है कि व्यवस्था के सावनों भी मिल रखे हैं कि जनता आए हाथ धोकर जाए कितने लोग नहीं धोते हैं लगाते हैं हमको दे दिया जाता है नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं नेटवर्क सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को नया राशन कार्ड बनाना है अभी मान लीजिए तीन महीने से गड़बड़ है कुछ हुआ नहीं कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कुछ होता नहीं तो उससे ये क्या? लिए सरकार जाने की तो आपके ऊपर यहाँ ऐसी मामा ले गए खुद ले गए लेकिन वहाँ ऐसी हर जगह अच्छा आपके ऊपर के अधिकारी जहाँ पे ये लोग जाते हैं उनका क्या नाम है कहाँ है सप्लाई विद्यापीठ कचहरी का महावीर मंदिर है वहाँ पे सप्लाई विभाग के सभी लोग बैठते हैं, उसे ऑफिस है, है उनका नाम सिद्धाश्रय सिंह